मैं कहता हूं एक घर में सुबह का आगाज सजदों से होता है फिर सूरा यासीन की तिलावत की जाती है सारा दिन घर के अंदर मोहब्बत चाशनी और प्यार से अफ़राद अफराधाना का वक्त गुजरता है कमाई करके लाने वाला घर का कफील हिसके हलाल लाके अपने बच्चों को खेलाता है नजर की पाकिजगी और ख्यालों की तहारत का सामा होता है शाम को सूरा वाकया पढ़ी जाती है सोने से कबल सूद बुल्क की तलावत होती है तहलीस पे आने वाले साइल को झिड़का नहीं जाता मेहमान की इज्जत की जाती है तक्रीम दी जाती है घर को साफ सुथरा रखा जाता है कुरान की तलावत की महक फैली होती है घर में घर के अंदर दर पर सौ उल्लू भी बैठ जाए उस घर में बर्बादी नहीं आएगी और एक घर में अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा जाता है खाना एक दूसरे को गालम गलोच करते कुरान कभी खोल के किसी ने, ने देखा सज़दे की किसी को तौफीक नहीं हुई। तो मर्जी रख ले तो था लेकिन तुमने लगा दिया उल्लू के खाते कि उल्लू बैठ गया यह सब कुछ बर्बादी हुई तुमने वादे तोड़े तुमने लोगों को दो नंबर माल दिया इसलिए तुम्हारी फैक्ट्री बर्बाद हुई इसलिए तुम्हारी दुकान ही चल रही तुम कहते कुछ हो देते कुछ हो, एक मतलब जो धोखा खाता है वो दोबारा तुम्हारी दुकान पे नहीं आता ये उल्लू का काम नहीं है ये तुम्हारे नफ्स के उल्लू का काम है लेकिन तुमने उल्लू पे मर के किसी मनहूसा ये फला मनहूसा हमारी दुकान पे आई सुबह आज सारा दिन गाह के नहीं आया क्या फलसवा तुमने तलाशा तो फमाया वाला हामा उल्लू भी कोई चीज़ नहीं बला सफा और ना ही सफर का महीना कोई चीज़ है कि आप सफर के महीने के नाम लगा करके किसी चीज़ का इनकार करते हैं अल्लाह की तरफ से है जो तुम्हें नसीब होता है वही फलाकाश फल हो अल्लाह तला तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई उस नुकसान को दूर नहीं कर सकता और अगर अल्लाह तुम्हें कोई भलाई देना चाहे तुम्हें बेहतरी अता करना चाहे फला रात दल फतले अल्लाह के फजल को कोई वापस भी नहीं कर सकता लुटा भी नहीं सकता अल्लाह के फसल को कोई टाल भी नहीं सकता सारा जमाना लग जाए किसी शख्स को नुकसान पहुंचाने के लिए अल्लाह की नुसरत उसे नसीब हो कोई माल भी बिका नहीं कर सकता सारा जमाना किसी को फायदा देने में लगा रहे लेकिन अल्लाह ना चाहे तो एक जर्रे का फायदा भी नहीं पहुंचा सकता